जिनको झोपड़ी का नहीं पता वो खबर रखते हैं दसवें माले का और जो कोई लड़की छेड़े तो हथियार काट देंगे साले का